हेलो दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल आई इंजीनियर चैलेंज में आपका स्वागत है आज मैं आपको बताऊंगा कि जो काफ़ी लोग यूट्यूब में ढूंढते रहते हैं कि लैपटॉप में या पीसी में हम वीडियो को एडिट कैसे करें ठीक है तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर है मात्र पाँच एम का जिसका नाम है वीडियो वीडियो डेटर ठीक है ये मात्र पाँच का सॉफ्टवेयर है जिसे आप आसानी से डाउनलोड कर लीजिए जैसे डाउनलोड कर लिया मैंने इसको ओपन कर रहा हो ठीक है इसमें कोई भी हाई रिक्वायरमेंट रैम की ज़रूरत नहीं है ना किसी प्रोसेसर की ज़रूरत है कुछ भी इसमें ज़रूरत नहीं एक नॉर्मल से नॉर्मल का लैपटॉप अगर है तो उसमें आप इजीली इसको एडिट कर सकते हैं कोई भी हाई वीडियो जैसे कि फोर भी इसमें आप एडिट कर सकते हैं ठीक है दोस्तों जैसे कि इसमें बहुत सारे ऑप्शन भी दिए हैं एड फाइल के साथ अगर आप कोई भी फाइल एड कर देते हैं और उसके बाद इसमें देख लीजिए रिकॉर्डिंग का ऑप्शन ऑलरेडी स्क्रीन रिकॉर्डिंग का और ये ऑडियो का जैसे इसमें बहुत लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं लेकिन ये इसमें ऑलरेडी मैंशन है ठीक है तो आप इसको ईजीली मात्र पाँच एम का सॉफ्टवेयर कम से कम रैम में जैसे कि ये आपके पास अगर वन जी रैम भी है या एकदम नॉर्मल प्रोसेसर है उसमें भी ये सॉफ्टवेयर सबसे बेस्ट काम करेगा ठीक है और आप इस पर अच्छे से एकदम वीडियो भी एडिट करना बहुत ही आसान है इसमें कुछ नहीं है कोई भी सपोर्ट क्लिप ऐड कर लीजिए जैसे कि हमारे पास तो वीडियो है नहीं इसमें एक वीडियो जैसे मैं देखिए ऐड कर रहा हूँ ठीक है। वीडियो हो गया। इसमें देखिए आपको तो कुछ नहीं करना है ये देखिए हमारा वीडियो एड हो गया है इसको आप मूव भी कर सकते हैं देखिए जैसे वीडियो हमारा इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं जैसे कि ये देखिए हमारा पूरा वीडियो है कोई भी अब इसमें इफेक्ट आपको लगाना है तो ये देखिए सारा बहुत सारा इफेक्ट है इसमें देखिए साउंड है ये वाई ये वॉइस वा, का ठीक है अब अगर, अगर आप इसको वीडियो का इफेक्ट लगाना है तो आप ये देखें वीडियो का बहुत सारे इफेक्ट है इसमें एक एक करके अलग अलग है जैसे आप जो भी लगाना चाहें आप इसी इसको लगा सकते हैं ठीक है टिके? सो तो धन्यवाद हमारे यूट्यूब चैनल में बने रहिए है आपके लिए मैं आपके लिए डेली नए नए वीडियो लाता रहूँगा सो धन्यवाद